डर हर किसी न किसी इंसान को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है लेकिन जब यह डर इतना बढ़ जाए कि आपकी ज़िंदगी खौफ के अंधकार में डूबने लगे तो उसे कहते हैं दहशत दोस्तों मैं राहुल तिवारी आपके लिए एक नई कहानी ले आया हूँ दहशत जिसका पहला भाग कल प्रसारित होगा हमारे चैनल और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मैं इसी ज़रा आपकी सेवा करता रहूँ